अलैक दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अपने मोबाइल के पे एप्लीकेशन उसमें आप अपना क्यू कोड और यू पी कैसे निकालें तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अगर आपके मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड है तो आप उसे ओपन कर लीजिए धन आपको ये इंटरफेस शो होगा अगर आपके पास पे टी है और अगर आपको इस तरह का स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप अपने पे टी को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर ले धन आप री ओपन कर ले ओपन करने के बाद सबसे पहले आप इस पर अपना क्यू कोड आसानी आसानी से जान सकते हो सबसे पहले आपको ऊपर लोगो दिख रहा होगा अपना प्रोफाइल और साथ में थ्री लाइन भी दिख रहा है तो वहाँ पर आपको टैप कर देना है ठीक है अगर आपको आपको आपके पास पे का मर्च, मर्चेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर बिजनेस पर क्लिक कर सकते हो और अगर मर्चेंट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर पर्सनल पर क्लिक करिएगा दन आपको अपना क्यूआर कोड और आप उसके साथ आपका यूपीआई आईडी शो हो रहा है आप यहाँ से आप आप यहाँ से अपना यूपीआई आईडी कॉपी कर सकते हो देखिए आपका यूपीआई आईडी शो होगा जैसा कि मेरे यहाँ पर यूपीआई आईडी शो हो रहा है और उसके बगल में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है तो मैं अपने यू पी को यहाँ से कापी कर ले रहा हूँ देखिए यू पी कॉपीड अब आप अपना यू पी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सअप के माध्यम से हो या फिर फेसबुक के माध्यम से हो आप मैसेज में भी अपने दोस्त को अपना यू पी भेज सकते हो और जिस जिस यू पी द्वारा आप किसी से भी पेमेंट ले सकते हो और आपका क्यू कोड भी साथ में शो हो रहा है आप इस क्यू आर कोड को शेयर भी कर सकते हो शेयर करने के लिए यहाँ पर शेयर क्यू आर कोड पर टैप कर देना है उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है आप यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन दिख रहा है आप जिसमें चाहते हो यहाँ से शेयर कर सकते हो और ये आसान तरीका है सबसे पहले और एक वो तरीका है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पे में सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है देन आपको यहाँ पर यू सर्च कर लेना है देन यू सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर भीम यू आ रहा है देन यहाँ पर भीम यू पर टैप कर दीजिए देन आपको राइट कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है सेटिंग पर टैप कर दीजिए दैन आपका जितना भी पे टी एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड किए हो वो सारा अकाउंट शो हो जाएगा ठीक है आप जिस भी अकाउंट का बैलेंस यहीं से भी चेक कर सकते हो और पिन पिन एम पिन भी आप यहां से रीसीट कर सकते हो और आप अपना क्यूआर कोड यहां से भी जान सकते हो और यूपीआई आईडी भी जान सकते हो उसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर थ्री लाइन थ्री डॉट है राइट कॉर्नर में वहाँ पर टैप करना है देन आपको पहला ऑप्शन आ रहा है माई क्यू कोड आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही इंटरफेस शो हो रहा है अपना यू पी आई यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर क्यूआर कोड भी कॉपी कर सकते हो या फिर इस्क्रीन भी ले सकते हो ठीक है इस क्यू आर कोड के माध्यम से आप अपने दोस्त से या फिर किसी भी कस्टमर से पैसा ले सकते हो तो दोस्तों आई होप कि मेरे वीडियो से आपको संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद